शाह तो खानपुर जा रहा है बाबा के दरबार में एक समय सा मेरा भी बाबा को दे देना चाह You need to know. We okay. need. कि मेरा जो विश्वास है वो टूटने न पाए तो लीजिए एक साथ तालियां बजाएंगे अपना संदेश बाबा तक पहुंचाने के लिए लेकर जा रहा है चांदी का छत् लेकर जा रहा है सोने का छत्ता लेकर जा रहा है रुपया पैसा लेकर जा रहा है और एक भेद मेरी तरफ से दे देना बनवारी भक्तों की दुआई बाबा दुनिया में मेरे जितने भी भक्त हैं, उसकी सौगंध है सबकी सौगंध है मुझे एक बार खाटू बुला ले, तो जो खाकू जाना चाहते हैं बाबा के दरबार में एक साथ